बात को तो जो शादियों के मौके पर अल्लाह और अल्ला रसूल का जिक्र कराते देखो ये फायते क्या है इसमें भी आलिम जो भी मौलवी आएगा इस शादी वालों को घर वालों को दूल्हा को दुल्हन को दोनों को दुआएं देता है उनकी यानी उसकी खैर आफियत की दुआएं करेगा और देखो जहां अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है वहां पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है होती है नहीं होती है। यार कौन नहीं चाहता जो हमारे घर में अल्लाह की रहमत की बारिश हो सभी लोग चाहते हैं ना मगर यार कोई नहुसत का काम करोगे तो नहुसतें तो आएगी तुम्हारे घरों में बरकतें थोड़ी आएगी नूसतें आएगी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों मुसलमानों याद जब भी अल्लाह तो तो सबको तो चलना का है, खुशी भी बोझ देता है दौलत भी वही देता है इज्जत भी वही देता है शौरत भी वही देता, देता है और उसके अलावा कोई दूसरा रंगे तो दे सके है तो जब अल्लाह ने हमारे घरों में खुशियाँ फरमाइश शादी की खुशी अल्लाह ने दी हमें चाहिए उसका शुक्रिया अदा करें हम जिसने हमें खुशी दी है उसका ही तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मगर आज इस मेहता गुसाई की सरजमीन पर पचास शादियों में हो सकता है कि दो चार में अल्लाह का जिक्र हो रहा है अब मुसलमानों याद के पर आदम की जो इस औद की शादी में तुम हराम हराम काम कर रहे हो जिसने की है, है और उसकी शादी हुई अल्लाह ने खुशियां दी तो आज तुम यानी शैतानी काम करके अपने घरों में सब लाना चाहते हो तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई को मेरा यही गुजारिश है सभी लोगों से अगर तुम अल्लाह बैठे हुए हैं समझ लो अगर नेट काम न कर सको तो गलत से तो बच जाओ इतना तो कर ही दो तो मेरे मुसलमान भाइयों सभी लोग मेरी गुजारिश है कि आप जल्द से न कराएं तो मत कराओ गुनाहगार नहीं हो सकते कोई मिला आप न कराए तो गुनाहगार रहेंगे मगर अगर उसने शैतानी काम किए तो वो गुनाहगार भी है के के के ढोल ताशे बाजे डांसर होती अल्लाह अल्लाह ने फरमाया कि कि वो हराम हराम काम ऐसा है से भी ज़्यादा याद तोबा करो सर मारो अपने राह रास्ते पर आ जाओ अगर तुम्हें अल्लाह ने शादियों की खुशियां दी है तो जो यानी शैतानी है इससे बाढ़ आओ और अपने अगर तुम्हें रौनक ही करनी है तो क्या है रौनक नहीं हो रही है आज अल्लाह का जिक्र हो रहा है अल्लाह के फरिश्ते भी देख रहे हैं अल्लाह भी देख रहा है कि मैंने जिस बंदे को यानी शादी की खुशी आदा फरमाई आज वो और दूसरे का नहीं बल्कि मेरा भी शुक्रिया तो मेरे प्यार और कुछ लोग बहकाने के चक्कर में लगे पड़े हैं अरे यार ना किसी सूरमा से फरमान न बदल सका, किसी बादशाह से, कितने आए, के दौर में यजीद आया, यही यही तो थी, सिर्फ यही मकसद था यजीद का, कि इस्लाम में ढोल सब हो जाए तो इस्लाम चेंजिंग चेंजिंग करना चाहता था इस्लाम के कानून को बदलना चाहता था तो मेरे प्यारे इस्लाम कि मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम कोई भी दुनिया की ताकतें हो जाएं मगर तो इस्लाम का कानून न बदला है और न बदले कोई कितनी भी कोशिश कर ले कल भी हराम थे आज भी हराम हैं और अयामत तक हराम रहेंगे समझे तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों दो तीन शेर मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद की तकलील होगी हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रसूल रात, कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिन्होंने मदीना मरवरा अपनी आंखों से देखा होगा